अब मान लीजिए मुझे अपने सेल में मोबाइल नंबर लिखना है तो नॉर्मली आप मोबाइल नंबर लिखते हैं कुछ इस तरह से तो आपका मोबाइल नंबर अक्सेप्ट हो जाता है बट मुझे मोबाइल नंबर विद करेंसी कंट्री कोड चाहिए कंट्री कोड मतलब कि क्लास नाइन वन डबल एट जीरो टू फाइव सेवन नाइन थ्री डबल एट ए मेरा खुद का नंबर है मैंने डाला अब एंटर मारते ही क्या हो गया ए हो गया साइंटिफिक फॉर्मेट में तो होता है क्या है दो चीज़ें हैं कि ये तो 12 डिजिट का है 12 डिजिट क्या प्रॉब्लम है ये आगे बात बताऊंगा लेकिन फिलहाल इसमें हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो इक्वल से लिख सकते हैं या प्लस से लिख सकते हैं तो सिस्टम समझता है कि फॉर्मूला ले रहा है इस कारण से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे प्लस नाइन वन हमको फिक्स रखना है हम चाहते प्लस वन ना टाइप करें हम नंबर ही टाइप कर दीजिए प्लस नाइन वन अपने आप लग जाए तो यहां नंबर फॉर्मेट सेल के अंदर नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर कस्टम पे जाएं और कस्टम पे जाने के बाद प्लस नाइन वन डाल दें या जो भी कंट्री है आपकी कंट्री कोड है डाल दें हालांकि प्लस नाइन वन ही होगा क्योंकि इंडिया में आप रहते हैं इसके बाद यहां पे आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन से, एट नाइन टेन टेन टाइम आप जीरो डाल दें जैसे ही आप टेन टाइम जीरो डालेंगे अब मैं यहाँ पे डबल एट जीरो टू फाइव सेवन नाइन थ्री डबल ए लिखूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से एक आ गया राइट सर गुड आउट इसमें मेरी आवाज आ रही है ना हाँ आ रही है